हेलो दोस्तों हम लाली लक्ष्मी योजना के बारे में बताएंगे आज तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो को एक भी स्किप मत करना स्किप करोगे तो आपको लाली लक्ष्मी योजना का कोई भी सब्जेक्ट है? नहीं मिलेगा तो दोस्तों आज हम बात करें मुख्य से लाली लक्ष्मी योजना में कितने पैसे मिलते हैं तो दोस्तों लाली लक्ष्मी योजना में कितने रुपये मिलते हैं तो आज हम आपको इस आर्टिकल से आर्टिकल से बेटियों के लिए चलाई जा रही है योजना की जानकारी देंगे इसके माध्यम से बेटी के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जाता है यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेटियों के लिए जिसे मध्य प्रदेश से बेटियों का एक लाख अट्ठारह हज़ार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत बेटियों को कक्षाओं में प्रवेश करने का धरना सिख प्रदान किया जाता है लाल लक्ष्मी योजना में कितने पैसे मिलते हैं इसका भी जिक्र करेंगे इसकी जानकारी आर्टिकल से ले दी हैं तो आज लाल लक्ष्मी योजना के अंतर्गत शुरू में पाँच साल तक तक लगातार साठ हज़ार रुपये साल जमा करना होगा छः हज़ार रुपये सॉरी छः हजार रुपये जमा करने होंगे कुल तीस हज़ार रुपये की राशि जमा करना होगा उसके बाद लड़की के छठी हुई छ कक्षा छःवीं के प्रवेश होने पर दो हज़ार रुपये नौवीं में प्रवेश लेने पर चार हज़ार रुपये और ग्यारहवीं जाने पर छः हज़ार रुपये दिए जाता है उसके बाद बारी जाने के पर छः हज़ार रुपये दिया जाता है उसके बाद लड़की के इक्कीस साल होने के बाद पूरा एक लाख रुपये खाते में दिया जाता है तो आप इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं नीचे पूरी प्रक्रिया दी गई है तो लाल लक्ष्मी योजना के कितने पैसे मिलते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं डब्ल्यू लड़की की लड़ लाडली लक्ष्मी योजना में कितने पैसे मिलते हैं तो अगर आप इस इसके होम पेज में ऊपर मेन्यू में आपको आवेदन का विकल्प विकल्प दिया जाएगा जिसके आप सिलेक्टर करें अब हम अगला पेज ओपन हो होने जैसे को तीन विकल्प मिलेंगे उसमें से आप जनसमियों को सिलेक्ट करें उसके बाद फिर अगला पेज ओपन होगा जिसमें कुछ जानकारी सेलेक्ट करना है सभी जानकारी चुने के बाद नीचे दिए गए जानकारी सुरक्षित करें के बटन को सेलेक्ट करें अब आपके सामने लाली लक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके बाद हमें पूछें एक भी जानकारी सही सही भरना है उसके बाद मंग मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना देना कर देना है और अंतर्गत में सब्मिट कर देने तो जिसमें आप आवेदन स्थिति के चेक कर सकते हैं तो लाडी रश्मी योजना में पैसे कितने मिलते हैं सबसे पहले आप सरकार की वेबसाइट लाढ़ी रश्मि एम गवर्नमेंट इन को डॉट इन को ओपन करें इसके बाद आवेदन के विकल्प को चुनें, फिर जनसंख्या जनसमाज से को चुने इसके बाद कुछ जानकारी सिलेक्ट करना है इसके बाद जानकारी सुरक्षित करने के बेटन को चुने अब फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी इसके बाद दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट करें इससे आप लाडी रश्मि योजना का लाभ ले सकते हैं